मैं पूछूँ कि मेरी मंजिल कहाँ है अभी तो सफर का इरादा किया है न ना हौसला उम्र भर यह मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है